किताबें झांकती हैं बंदमारी के शीशों से बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों अब मुलाकात नहीं होती जो शामें उनकी सहबत में कटा करती थी जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है बड़े हसरत से तकती हैं जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनकी सील कभी मरते नहीं थे वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में जो रिश्ते वो सुनाती थीं, वो सारे उधड़े उधड़े हैं कोई सफ़ा पलटती हूं तो एक सिसकी निकलती है कोई सफ़ा पलटती हूं तो एक सिसकी निकलती है कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं अब अल्फाज जिनमें अब कोई मानी नहीं उगते बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो अल्फाज जिनमें अब कोई मानी नहीं उगते जबा पे जायका आता था सफ़े पलटने का जब पे जायका आता था सफ़ा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर किताबों से जो जती रा था कट गया है किताबों से जो एक जी रहा था वो कट गया है कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे कभी गोदी में लेते थे कभी घुटनों को अपनी रेहल की सूरत बनाकर नीम सजते में पड़ा करते थे कभी छूते थे जबी से वो सारा इल तो मिलता रहेगा आइंदा भी वो सारा इन तो मिलता रहेगा आंदा भी मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल मगर जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके रुके किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने जो रिश्ते बना करते थे किताबें गिरने मांगने उठाने के बहाने जो रिश्ते बना करते थे उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे वो शायद अब नहीं thank you